डिस्कस करेंगे हार्डलिक के कॉम्पेंट के बारे में हार्डलिक ट्रेनर किट के हार्डलिक सिस्टम में जो हमारे कॉम्पेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में तो विभिन्न प्रकार के हमारे ये कॉम्पेंट हैं तो सबसे पहला कॉम्पेंट में हमारा हार्डलिक पावर पैक आता है हार्डलिक पावर पैक जो हार्डलिक का हमारा एक इंजन पार्ट होता है जहाँ से हमारा मेन सप्लाई मेन सिस्टम सप्लाई हमारा जाता है तो जैसा आप देख पा रहे हैं हार्डलिक टैंक यू और सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें हमारा हार्डलिक ऑयल भरा होता है हार्डलिक टैंक और दूसरा हमारा नेक्स्ट आते हैं इंडक्शन मोटर जहाँ से हमारा स्पीड मिलता है पंप को क्योंकि हार्डलिक ऑयल में हमारा पंप के द्वारा ही सप्लाई मिलता है तो पंप जो है एक्सटर्नल गियर पंप लगा होता है ये एक्सटर्नल गेयर पम्प है इसका हमारा एक इलेट पोर्ट है और एक आउटलेट पोर्ट है हमारा इनलेट यहाँ से सप्लाई मिलता है और आउटलेट पोर्ट हमारा यहाँ से इस सिस्टम बल्ब में हमारा यहाँ पे आता है और बीच में कपलिंग क्या हुआ है ताकि ये मोटर और पंप के द्वारा कनेक्ट रहे जो स्पीड आया उसको तो इसीलिए कनेक्टिंग के लिए नेक्स्ट आते हैं प्रेशर रिलीफ बल्ब लगा होता है इसमें एक पी जिसको बोलते हैं तो पी का हमारा ये जो पी है जिसमें एक रेगुलेटर होता है पी का, का काम है प्रेशर रिलीफ बल्ब जो सिस्टम को ज़्यादा प्रेशर होने से बचाता है जब भी हम हार्डली पावर पैक को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रेशर लिमिट हमको एक सेट करना होता है इस प्रेशर के डर है के में ये प्रेशर है के जी पर सेंटीमीटर ट्यूब में है मान लीजिए मैंने कुछ प्रेशर सेट किया बीस दस के सेट किया ऑटोमेटिक क्या हुआ पम्प जो प्रेशर हमारा दे रहा है यहाँ से जब सप्लाई दे रहा है तो वो बीस के जी हमारा दे दिया तो वो पाँच के जो प्रेशर हमारा जो बढ़ जाता है इसमें शो करेगा तो वो पाँच के प्रेशर हमारा इस टैंक से थ्रो होते हुए वापस चला जाएगा टैंक पोर्ट से होते हैं फिर दोबारा टैंक में वापस चला जाएगा इससे मतलब एक प्रकार का प्रेशर रिलीफ बल्ब हमारा सेफ्टी पर्पस में ये काम करता है नेक्स्ट आते हैं इसमें एक प्रेशर पोर्ट होता है जहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल हमारा सप्लाई जाता है सिस्टम में किसी बल्ब में प्रेशर पोर्ट इसको पी पोर्ट बोलते हैं हम लोग और दो टी पोर्ट रहते हैं दो टी पोर्ट इसलिए होता है कि कभी कभी हम जब सिस्टम में हाइड्रोलिक टेंडर किट का जब सिस्टम में सप्लाई देते हैं तो कभी कभी क्या होता दो बार हमको हाइड्रोलिक ऑयल को रिटर्न करना होता है जैसा कि हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल जो हमारा एक क्लोज्ड लिस्ट सिस्टम है जिसमें हमारा ऑयल जो है सर्कुलेशन होते रहता है साइकिल चलते रहता है मैंने ऑयल हमारा एक बार सप्लाई जाता है फिर दोबारा सिस्टम में हमारा फिर वापस जाता है इसीलिए दो टैंक पोर्ट दिए हुए हैं टी पोट अब जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक पावर पैक के अंदर एक फिल्टर होता है जो सिस्टम को हमारा हाइड्रोलिक ऑयल में ऑयल एंड डस्ट होता है उसको तो क्लिनिंग करके सप्लाई देता है सिस्टम में जो हमारा इस फम के नीचे होता है और एक फिलिंग स्टार्ट ये हमारा हाइडलिक ऑयल का फिलिंग है जहाँ से हाइडलिक ऑयल हमारा रिफिलिंग होता है इसको हम लोग ब्रेथर बोलते हैं यह हमारा इसका हाउस पाइप है यह हाउस पाइप वन बाई फोर इंचीज हाइज का है गुड क्वालिटी का लेता है ताकि हमारा हाइडलिक ऑयल का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सके तो टेम्परेचर हमारा वो खराब ना हो नेक्स्ट आते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पेंट पार्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं जैसे ट्रेनर किट में आप देख पा रहे हैं अब से अब अब में आते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वर्व डीसी डीसी वल्व का एक ही काम है हाइडोलिक का ऑल में बहुत सारे डीसी बल्व पाए जाते हैं डायरेक्शन कंट्रोल जो हाइड्रोलिक ऑयल को फ्लो का डायरेक्शन देने में हमारा हेल्प करते हैं ये थ्री बाई टू वे डायरेक्शन कंट्रोल वल्व है जिसमें तीन पोर्ट है हमारे एक हमारा एक टैंक पोर्ट है हमारा एक प्रेशर पोर्ट है और एक सप्लाई पोर्ट है हमारा एक टी पोर्ट है प्रेशर पोर्ट एक एक आपका प्रेशर पोर्ट है एक टैंक पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है हमारा जहाँ से आउटपुट निकलेगा हमारा और ये लीवर ऑपरेटेड है नेक्स्ट आते है फोर बाई टू वे डायरेक्शन कंट्रोल हॉल फोर बाई डायरेक्शन कंट्रोल हॉल इसमें चार पोर्ट पाए जाते हैं और दो वे होते हैं चार पोर्ट है एक हमारा पी पोर्ट प्रेशर पोर्ट टैंक पोर्ट है टैंक पोर्ट प्रेशर पोर्ट एंड दो आउटपुट पोर्ट है पोर्ट एंड पोर्ट बी नेक्स्ट इसी तरह से एक और डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वल्व है जिसका नाम है फोर बाई टू वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इसमें थ्री वे है इसमें भी चार पोर्ट पाए जा रहे हैं एक टी एक टी पोर्ट इसमें प्रेशर पोर्ट हमारा सप्लाई जाएंगे टी पोर्ट जिसमें टैंक हार्डलिक वाल सिस्टम में होते हुए फिर तो वापस जाएगा हार्डलिक पावर पैक में आप देख पा रहे कनेक्शन किया हुआ है दो हमारा आउटपुट पोर्ट है इस आउटपुट पोर्ट का हम एक कनेक्ट किए हैं ये जो हमारा ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है डबल एक्टिंग सिलेंडर इसलिए बोला गया है कि इसमें दो पोर्ट है हमारा दो आउटपुट पोर्ट है पोर्ट है एंड पोर्ट भी एक्चुएटर हाइड्रलिक में हमारा मेन एक्चुएटर डबल एक्टिंग सिलेंडर जिसको एक्चुएटर ही बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं इसका एक ही काम है हाइड्रोलिक मेन वर्क जो हमारा इसी के द्वारा होता है इसीलिए हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग सिलेंडर का हाइड्रलिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है इसमें एक पिस्टॉन सिलेंडर लगा हुआ था जो हमारा इसलिए जब हाइड्रोलिक वाली जब फीलिंग होता है तब ये ऊपर उठता है और हमारा एक हेडलिक का एक एप्लीकेशन को दर्शाता है नेक्स्ट आता है पायलट ऑपरेट चेक पल्ब यह पायलट ऑपरेट चेक बल इसका काम यही है कि जब भी हमारा पूरा हेडलिक बल्स इससे सप्लाई जाएगा तो चेकिंग होती हुई जाएगा इसलिए पायलट तो चेक बल नाम पड़ा है इसका प्रेशर रिलीफ बल्ब प्रेशर रिलीव बल्ब जैसा मैंने अभी इससे पायलट डिस्कस किया प्रेशर रिलीफ बल्ब के बारे में वो हमारा यही प्रेशर रिलीफ बल्ब है नेक्स्ट है मैनी फोल्ड है द्वारा हम एक एक सप्लाई दे करके हम चार आउटपुट हम ले सकते हैं एक प्रेशर गेज दिया हुआ और नेक्स्ट है प्रेशर गेज इसे हम प्रेशर गेज हाइड्रोलिक हाइड्रोलिकोल का प्रेशर को नाप सकते हैं कितना सप्लाई मैंने दिया ऐसा करते टॉपिक का कुछ समझ में आया होगा